भोपाल के खानू गांव में देश का सबसे बड़ा तैरता क्रूज बन रहा है इसमें 200 लोग बैठ सकेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर पर वेंकेट हॉल डांस स्पेस आठ स्वीट होंगे सेकंड फ्लोर पर 12 स्वीट रहेंगे इसका ऑपरेटिंग केबिन थर्ड फ्लोर पर रहेगा यह क्रूज चार महीनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा देश का सबसे बड़ा तैरता क्रूज भोपाल के खानु गांव में चार महीने में बनकर तैयार हो जाएगा इस क्रूज में दो लोग बैठ सकेंगे क्रूज के फर्स्ट फ्लोर पर वेंकेट हॉल डांस स्पेस आठ स्वीट्स और सेकेंड फ्लोर पर बारह स्वीट्स रहेंगे और इसमें एक या दो स्टाफ के लिए रहेंगे इसका ऑपरेटिंग केबिन बर्थ थर्ड फ्लोर पर रहेगा जिसमें 12 लोग रह सकेंगे ये क्रूज 0.8 मीटर तक पानी में डूबा रहेगा इस खास क्रूज के बेसमेंट में ही इंजन इलेक्ट्रिकल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ वैक्यूम रूम भी रहेंगे ये क्रूज वासियों के लिए एक बड़ी सौगात होगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का